1923 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था वफ प्रॉपर्टी एक्ट कभी सुना है कि नहीं सुना मैं नहीं जानता वफ एक शब्द है अरबी का जिसका मतलब होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को दे देता हूं यानी उनके नाम कर देता हूं उनकी फसियत कर देता हूं उसे वफ कहते हैं उसके ऊपर 1923 सौ में अंग्रेजों ने एक वफ बोर्ड बनाया था और उसके अंदर इस किस्म की प्रॉपर्टी को मैनेज करने का था कि ये मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को देना चाहते हैं तो अल्लाह के नाम करते हैं वो अब यह अजीब मजाक है अल्लाह है नहीं उसकी प्रॉपर्टी है अल्लाह के नाम पे मजा ले रहे तो 1923 में वहां से चला फिर 1956 में फूल वाले चाचा ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया और आप देखिए उसमें क्या जघन अपराध हुआ है आपके शहर में भी ऐसे लोग हरियाणा में है पंजाब में है राजस्थान में है दिल्ली में है ये किसकी जिम्मेदारी थी कि इन चीजों के बारे में समाज को जागृत करते हैं? अरे बता देते मैं आपको इसलिए नहीं बताने आया हूं कि आप कल मैं बता करके अपने जीवन में मरने से पहले उस पाप से बचना चाहता हूं कि जो मुझे पता था मैंने किसी कारण से दूसरों को नहीं बताया बाकी आपकी जिम्मेदारी आप, आप बताएं ना बताएं आप आजाद हैं इस गिल्ट में नहीं रहना चाहता मैं कि जो मैं जानता था मैंने नहीं बताया कि यार मैं क्यों बताऊं मेरा क्या फायदा है मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद बात करूं नाइनटीन फाइव में आने से पहले आपको पता है 56 के बाद 85 में क्या जघन अपराध हुआ जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो हजारों मुसलमान यहां से अल्लाह के देश में बसने के लिए भाग गए थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे चले गए थे वो लोग उनकी यहां प्रॉपर्टी बहुत सारी खाली पड़ी थी पूरे पंजाब क्योंकि आपका पाकिस्तान में किसी का जाना नहीं हुआ होगा मैंने 12 साल नौकरी की है अरबों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी लाहौर तो बहुत रिच जगह थी और लाहौर किसके नाम पे बना हुआ है भगवान राम के पुत्र लव और कुश के नाम पे लाहौर बसा हुआ है भगवान राम के बालकों के नाम पे जो शहर है वहां दिवाली नहीं मनती यहां मनती है उस लाहौर में खरब खरप, खरप पति थे हिंदू पंजाब की एक मंत्री थी इस सरकार में मोदी सरकार में उनके एक ओएसडी हमारे दोस्त हैं वो जाना चाहते थे मैंने वीजा दिलवाया मैंने कहा आ जाइए वो गए झंग नाम की एक जगह है पंजाब में उन्होंने अपना घर पहचान लिया मैंने कहा रोना धोना कम करना यहां वो चले गए घर पर आंसू निकलने लगे उनके और उस घर में मैंने बताया कि यह इनका घर है ये मेरे दोस्त हैं, ये मिलने आए हैं आपसे ये अपना घर देखना चाहते हैं इनको अपना घर पता चल गया है उस घर में बच्चियां मालूम क्या कह रही थी ये जरा सोचिए कि उस आदमी के सीने पे क्या असर हो रहा होगा उनका भाईजान ये आपका घर है आप लोग बड़े अमीर थे क्या अब ये अपने घर के भावुक हो गया बेचारा ओ उसने कहा कि यहां तो हम जब भी कोई दीवार में कुछ भी कील ठोंकते हैं दीवार टूट जाती है उसमें से हमें चांदी की अशर्फियां मिलती हैं कहीं हम यहां गड्ढा खोदते हैं हमें यहां सोना मिलता उस बच्ची के लिए एक एक एक एक एक अजीब सा सरप्राइज था यह कहना लेकिन उससे पूछो उसको सब पता है ऐसे रिच मकानों को जो यहां से मुसलमान गए थे उनको लाहौर में जगह दे दी आपके यहां इंदिरा गांधी ने ये मर्दानगी का काम किया था उसने कहा कि दिल्ली पंजाब में जहां जहां से मुसलमान गए हैं ये हिंदू जो यहां से आए हैं इनको इनकी प्रॉपर्टी दे दो इसमें बसा दो ठीक है चौ, चौ, में उनकी हत्या हो गई मुसलमानों ने राजीव गांधी से एक ही डिमांड रखी और मैंने कहा कि उस दौर में तो हम भावुकता में ऊपर उठे हुए थे ना बीजेपी की स्थिति पार्लियामेंट में एक फूल दो माली वाली थी राजीव गांधी ने उसी दबाव में जो सारी प्रॉपर्टी थी मुसलमानों ने कहा यह प्रॉपर्टी मुसलमान भाइयों की है जो यहां से भाग के गए थे इसमें यहाँ हिंदुओं को बसा दिया था अब इतने दिन हो गए ये प्रॉपर्टी वफ को दे दीजिए हम चलाएंगे वो अरबों खरबों की सारी प्रॉपर्टी दिल्ली पंजाब राजस्थान में मुसलमानों को वफ की दे दी जो हिंदू उसमें फ्री में रह रहा था आज पचास रुपए वफ बोर्ड को दे रहा है और किराया वो निर्धारित करेंगे भारत सरकार का कोई उसमें कुछ नहीं चलेगा उसमें बदला हुआ नरसिम्हा राव आए बाबरी मस्जिद ने हमारी मुसीबत कर दी बाबरी मस्जिद के दबाव में 1995 में वह प्रॉपर्टी एक्ट में फिर फर्दर अमेंडमेंट कर दिया इसलिए वो मुसलमान जिनको आप कहते हैं ये पंचर जोड़ने वाला है यह फलाना है अपने हजार साल के एजेंडे को लेकर चलता है उसको मालूम है कि पंचर की दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग में खोलने में फायदा है मल्टीपरपर्पज पर से काम आएगी उसका एजेंडा समझिए आपके सामने घटना घटती है आप उसे इग्नोर करना चाहते हो नेशनल हाईवे पे जितने होटल बने हैं उनके नाम सुनेंगे जय माता दी और है अल्लामिया के पास आपको पता ही नहीं है 1971 वॉर में सेवनटीन सिक्सटी वॉर में एक आदमी रामपुर में टेंथ क्लास में पढ़ता था। 65 वॉर में रामपुर कैंटोनमेंट एरिया से जब फौज जा रही थी उसने लोगों के साथ 20-25 लड़कों के साथ मिलके सड़क खोद दी थी उस जमाने आईबी नहीं थी इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं बना था जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर सहाय थे उस लड़के ने मिलके मैं 65 की बात बता रहा हूँ उसने सड़क खोड़ दी आदमी के आर्मी का जो कन्वॉय था वो घंटों रुके रहे दसवीं क्लास का लड़का था सहाय साहब ने उसको अरेस्ट किया दिल्ली से ऑर्डर गए कि इसको शूट कर सकते हैं आप लेकिन सहाय साहब ने ये सोच के कि यंग लड़का है गलती हो गई होगी उसकी दुनाई तबीयत से की और फिर ये कहा कि चौबीस घंटे में शहर छोड़ दो तुम ये कोई मामूली लड़का नहीं है वो आदमी रामपुर से भागा रातों रात अलीगढ़ आया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो दूसरा पाकिस्तान है आपको पता ही है वो वहाँ रहा वो बड़ा हुआ वो पढ़ा वो इस देश की नपुंसुख राजनीति का हिस्सा बनते हुए समाजवादी पार्टी में बना और जिसका नाम है आजम खान वो आपकी सत्ता के शीश पे चला गया क्योंकि हम जानना नहीं चाहते इसलिए नेशनल हाईवे पे पंचर की दुकान भी खुल रही है तो वहीं खुल रही है मिकेनिक की दुकान भी वहीं खुल रही है कि इसी आपदा के समय रात में किसने खोदा किसे पता चलेगा एक्सप्रेस वे तो आप बना रहे हैं इस एक्सप्रेस वे पे कौन सी विचारधारा चलेगी इसको भी तो तय करिए इसलिए 95 में क्या हुआ आप चुप रहे है? यहां भी दो हजार में वफ प्रॉपर्टी कानून भारत की संसद में रखकर पास कर दिया गया आप नहीं बोले आप नहीं बोले महंगाई पे बाजार बंद जीएसटी बढ़ गया बाजार बंद इनकम टैक्स कम दो इसलिए काम नहीं करेंगे हम यही करते रहे ना यही किया 2013 में भारत की संसद में वफ प्रॉपर्टी कानून को एक कानून बना दिया गया आपको बताऊं आप सुनना चाहते हैं सच में वफ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 के तहत उस कानून में ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि ये जो हॉल है आपका ये सरकार का होगा या किसी प्राइवेट आदमी का होगा वफ प्रॉपर्टी बोर्ड अगर सिर्फ यह लिख के भेज दे कि यह हॉल वफ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है आपको नोटिस भी सर्व नहीं होगा एज पर द कानून नोटिस सर्व नहीं होगा एक आदमी आएगा और यह कहेगा भाई इसको खाली करो बताएं इसको आप पूछेंगे क्यों बोल के आपकी प्रॉपर्टी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि ये वफ प्रॉपर्टी पे है आपके कानून के तहत उसे प्रूफ नहीं देना उसे सिर्फ कहना है धक्के देख करके बाहर निकालेगी सब बंद करके ताला लगा करके वफ प्रॉपर्टी वालों को चाबी दे देगी आप पढ़े कानून उसूल मर्यादाओं से चलने वाले महान नागरिक हैं देश के आप अपने कागज लेके जाएंगे उस कानून के तहत हाईकोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता आपसे कहा क्या क्या है क्योंकि आपको सोने की आदत है, सोइए यह कहा गया है कि आपको अपनी लड़ाई लड़ने अपने कागज लेके वफ प्रॉपर्टी का जो बोर्ड है उसके ट्राइब्यूनल में अपील कीजिए अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस बात में क्या सत्यता है यह मन में आपके आरा रहा होगा आपको लग रहा होगा कि इतनी चौंकाने वाली बातें हैं हमें कैसे नहीं पता हम तो रोज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं हम तो रोज एक घंटे टीवी देखते हैं यही आपको लगता होगा ये सारी बातें मुझे ही क्यों पता हैं जाइए घर पे वेरीफाई करिए कल भी मैंने कहा और आज फिर कह रहा हूं नई नई शादी हमारे यहां बच्चे करते हैं लड़के लड़कियां पूरा परिवार शामिल होता है शादी होती है बड़ी खुशी होती है और पति भी कमाल का आदमी होता है अपनी अच्छी खासी पत्नी को जिसके साथ अभी जीवन उसने शुरू किया है सबसे पहले उसे ताजमहल दिखाने ले जाता है मैं पूछता हूं कभी दो बार अपने मन से भी तो पूछा करो कि यार हम ये क्या करने जा रहे हैं कहां जा रहे हैं क्या दिखाने ले ताजमहल क्योंकि हमें पढ़ा दिया गया है तो हमारे माँ बाप की हमारे बड़ों की आवश्यक जिम्मेदारी नहीं थी कि यह गलत लिखा है बेटा ये ये नहीं है ताजमहल एक कब्र है किसी की उसे खूबसूरत बना दिया गया है और कहा गया ये मोहब्बत की निशानी है उनकी अपनी किताबों में लिखा है यह मोहब्बत की नहीं ये तकलीफ की निशानी है और वहां वो बेचारे जाएंगे फोटो खिंचवाएंगे और बेचारी लड़की भावुकता में अपने पति से कहती है तुम भी मेरे लिए बनवाओगे अभी जीवन शुरू किया है वो बनवाने के चक्कर में उस ताजमहल को जिसे दुनिया के लोग आते हैं आप उसे शान से दिखाते हैं और भारत की प्रधानमंत्री भारत का राष्ट्रपति हर आने वाले विदेशी मेहमान को ताजमहल देता था कि यह भारत की पहचान है भारत का राष्ट्रपति विदेशी मेहमानों को भारत की पहचान के रूप में ताजमहल देखा था, देता था यह हमारा मानसिक दिवालियापन है उस ताजमहल को वफ प्रॉपर्टी बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है सारे अधिकार सरकार से ले लिए हैं अब उस ताजमहल का मेंटेनेंस को छोड़ करके सारा पैसा वफ बोर्ड के पास जाता है और भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से पांच साल से अपील ही कर रहा है सुप्रीम कोर्ट सुनी नहीं रही ताजमहल चला गया भारत सरकार के हाथ से वफ उन्होंने कहा तो हमारी प्रॉपर्टी पर है और यह हमारी है कोई जवाब नहीं है छोटे मोटे के घर पर कब्जा नहीं किया है वहां से शुरू किया है तब भी आप कह रहे हैं अच्छा हमारे घर पर आओगे तब देखेंगे तब तक आप रहेंगे